राम नाम है सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम है सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन कर भाई का नाम है सुखदाई भजन करो भाई बन यह तन है जंगल की लकड़ी यह तन है जंगल की है जंगल के लकड़ी आग लगे चल जाए पलन करे भाई जीवन दो दिन का हम नाम करे भाई जीवन दो दिन का तन है फूलों के बगीचा तन है फूलों का बगीचा तन है फूलों का बगीचा धूप पड़े मुर झाई जन कर भाई रोद का राम नाम है सुख जाई बदन करे भाई जीवन रोज का यह तन है बिटी का ढेला तन है बिटी का ढेरा तन है बिट्टी का ढेला गलदारी भजन कर भाई जधीन बन दो दिन कालदारी भजन कर भाई अधिन बन दो दिन का राम नाम सुखदारी भजन कर भाई जीवन बन दो दिन का तन है सपने की माया यह तन है सपने की माया यह तन है सपने की माया आंखें खुले कछनाई भजन कर भाई बन दोन का आंखें खुले चुटनाई भजन करे भाई राम नाम है सुखदाई भजन कर भाई जीवन दो दिन का राम नाम है सुखदाई भजन कर भाई जीवन दो दिन का